कई दफा हम भी भगवान से डरकर या अपने पुण्य का पलरा भारी करने के लिए लोगों को दान करते हैं लेकिन वहीं कुछ जरूरतमंद लोग होते हैं जिनके लिए हम कदम भी नहीं उठा पाते याद रखिएगा भगवान से डरकर दान करना आपके किसी काम का नहीं है लेकिन सही मायने में अगर किसी जरूरतमंद की आपने दिल से मदद कर दी ना तो वो पुण्य आपकी जिंदगी में लौट जरूर आता है कोई जरूरी नहीं है कि वो दान या पुण्य पैसे से ही किया जाए श्रम और कर्म से भी किया जा सकता है अगर यकीन ना हो तो आजमा कर जरूर देखिएगा बिना मांगे फल और मन की असीम शांति इसी जन्म में आपको मिल जाएंगे